<laughs> अलेकुं। अलेकुं, अलेकुं। क्या नाम है भाईजान ना आपका आपका नाम अजमाल अजमल नाम है अभी ऊंट चराने के लिए जा रहे हैं। सही ये आप हुक्का क्या करते हैं रास्ते के अंदर सिगरेट पीते हाँ जी होता है सही तो आपको इसके इसके साथ आपकी थकावट उतर जाती है थकावट उतर जाती है, उतर जाती। है। सही चा पीछे अच्छा ये आपने कानों के अंदर बालियाँ डाली हुई है इनका क्या मकसद है शौक किया अच्छा कितने अरसे आप ये ऊँट चरा रहे हैं बहुत तो मेरे बढ़े रहे सही कितने ऊंट हैं आपके पास आपके पास मेरे को पैंतीस कहीं न चालीस कहीं ना पचास एक ऊंट की कीमत कितनी है तीन लाख चार लाख सही हो गया मतलब आपके पास करोड़ों रुपए का जानवर हैं बिल्कुल सही तो आपके यहाँ पर इन घरों के अलावा भी और जगहों पे घर होते हैं बड़े के नहीं आपका रकबा है पे कितना रकबा है आपका आपका रकबा है, है तो आप इस तरह से जंगल के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो माशाल्लाह आप इतने अमीर हैं तो आपका दिल नहीं करता कि किसी महल में जा कर रहे दिल तो करता पर जेड़ा कम लाग जाए ना बंदा वो काम आपका पर कभी आपको अगर कोई ऑफर करे के एक करोड़ रुपया आपको दिया जाए और ये ऊँटों का काम छोड़ कर कोई और काम करें तो आप करेंगे नहीं करे क्यों नहीं करेंगे आपको रकबा भी है मज्जा गावा भी है आपके पास कितने करोड़ के ऊँट होंगे इसके पास अंदाजन पचास लाख दे बढ़ दे तो। देख दो भी है सही कोई और मजदूरी कर तो रोटी खाता आपके पास जितने भी ऊँट है आपके जाती है माशा नाजरीन आप इस टाइम देख सकते हैं कि ऊँट इस टाइम जंगल के अंदर चरने के लिए जा रहे हैं और ये उनका मालिक है ऊँटों का माशाल्लाह सहरा के अंदर आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह कितना प्यारा ये मंज़र लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मंज़र है कितना प्यारा लग रहा है लाइव मंज़र आँखों के सामने जो है एक और ही मज़ा दे रहा है असला क्या हाल है भाई जान ठीक। आज आप कितना सफर करेंगे ऊँटों को चलाने के लिए को चलाने के लिए बीस 25 किलोमीटर करेंगे अच्छा अच्छा ये बोतल बांधी हुई है इसके गले में इसका मकसद क्या है जी पानी पीवागे पानी ऊँट पियेंगे पानी या आप पियंगे पियाँगे आप सही मतलब की ऊँट के गले से निकाल कर जब आपको प्यास लगेगी आप पानी पी लेंगे आप सही तो आज कल तो गर्मी बहुत ज्यादा तो आपको गर्मी लगती उधर गर्मी उधर छा आज चला जावा तो इस बर्तन का आप सहरा के अंदर क्या करेंगे रोटी खावा खीर चोवागे अच्छा जब भूख लगती है तो आप दूध पी लेते हैं इनका नाजरीन आप देख सकते हैं कि जो ऊंटनियों वाले लोग होते हैं ऊंट रखते हैं खाना बदोश लोग वो सहरा के अंदर अपना डेरा लगाते हैं और इस तरह से अपने बिस्तरे बिछा रात के टाइम सोते है और ये देखेंगे जमीन के ऊपर ही इनके बिस्तरे पड़े हुए हैं अभी हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ये फैमिली अपना खाना सुबह के टाइम किस तरह से करती है और जी नाजरीन इस टाइम आप देख सकते हैं कि सहरा के अंदर जो लोग ऊँट पालते हैं वो इस तरह से रहते हैं वो सुबह के टाइम उनके खाने की रूटीन कुछ इस तरह से होती है और ये अभी सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि कल्चरल चूल्हा बना के खाना बनाया जा रहा है और बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं ये लोग लेकिन इंटरेस्टिंग लाइफ है ये सारे बाल इसे बंद अच्छा नहीं और परली भाई ये छोटा ए ना और कौन लगा सौ नौ यहाँ पर जो लोग रहते हैं ऊँटों को लेकर जाते हैं इनके पास करोड़ों रुपये मालियत के ऊंट हैं लेकिन फिर भी ये लोग जंगल के अंदर रहते हैं लेवर औरने गुरमु गुरमु बोल ले वो मैं मगरा जी ने डाल के डालता थोड़ा पानी ढाई के पान ये देखें जी ये इधर चारपाई पड़ी हुई है और ये छपरा सा बना हुआ है और इस साइड पे भेड़ों का भना है ये देखें जी दोस्तों इस टाइम आप देख सकते हैं कि भेड़ें जो हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और चरने के बाद तालाब के ऊपर ये पानी पीने के लिए आई हुई हैं तो आपको दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यही खूबसूरती है डेजर्ट्स की जनूबी पंजाब की ये आप देख सकते हैं कि भेड़ों के मालक पीछे आ रहे हैं जानवरों ने तालाब से पानी पी लिया है और इसके बाद ये वापस जा रहे हैं चरने के लिए